भाई इतनी दिल किसको को भेज रहा है मेरे दोस्त को क्यों क्योंकि कल पेपर है मुझे पता है वो साला बढ़ रहा होगा घर पे और मैं फेल हो ये, मैं नहीं सकता मैं उसको दोस्त दोस्त, दोस्त ना रहा, दोस्त ना रहा। A few moments later. भाई कहा तो जा रहा, हूं मैं। रहा हो। दोस्त है जो कल मेरा पेपर है